का सुनूंगा और जहां पूरा करेगी तो मैं आऊंगा

ले जब ये से जी हैं हमेशा कर मिनट कम हम क्या कि वो भी जो का संचालन भी जिंदगी कर

नहीं <laughs> <दच्चा ब्रागे। laughs> अच्छा <laughs>

चलब थकब लौट

सरकारी मार्च चलाएगा सरकारी मार्च तुम्हारे खातिल हाल है वो तो जान आज आप आप बहुत से हर तरफ किसने भी शक नहीं इस सरकार के दर्शन आप भी नहीं

अरे ये जान ने सारे मैदान में दो गलत जिसको चाहिए हाथ पकड़ के हम देख रहे हैं अरे नहीं जाए हो ऐसे नहीं ना दे नहीं कब है चलो कैसा तेरे बार आते बिना मांस का जब भी अच्छा कोशिश करें

हमारा मलवा की आगे एक आगे आगे होगा और चलावा इसको हटाओ ना सबने से

के साथ के लिए दीप कौन दीवुण। कर दीवुण। कौन कर कर रहा तो कौन रहा है? है? कार्यक्रम की शुरुआत मूल्य का सामने पेश करता हूँ और ये एक अच्छा

का कार्यक्रम हो का होता है कलाकार केवल आपकी इजाफा कर लेती है उनके भावनाओं के जो तार डालते हैं शुरू में धूलों में गानों में वो आप महसूस कर तो आइए के शासन

भारत वर् शासन की श्रद्धा शानदार लोग गारंटी

centimeters <laughs>

कलेक्टर <laughs> <laughs>